देखो देखो देखो हमको ड्रॉप ड्रॉप मिल चुका है है हम मारेंगे मंत्र और लूटेंगे ठीक ना हमको चाहिए ग्रोजा और ए डब्ल्यू एम तो चलो मारते हैं मंत्र ओम सिमाम, सिमाम बींग बींग चिपक गई छाती से सस्तेन से सस्तेन से ओम भट्ट स्वाहा ओम लउंडिया लंदन से लाएंगे रात भर ड्रोप उठवाएंगे ओम भट्ट स्वाहा ओम जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है खड़ा मेरा डायमंड है ओम भट्ट स्वाहा ओम जंगल जंगल पता चला है हैड्ढी फाड़ के फूल खिला ओम ओम्लू मिल जाए नमः ओम गुरोजा मिल जाए नमः ओम फालतू गंगा मिल जाए नमः ओम लॉन्चर मिल जाए नमः ओम डायमंड मिल जाए नमः माम भीम भीम तार गए छाती से तार तारिले कौन कसे ओम भट्ट स्वाहा तो देखो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए डब्लू यहाँ पे देखो ए डब्ल्यू नहीं नहीं नहीं गाइस गायंचल मिला है गाइस देखो जादुई मंत्र का कमाल